साथियों नमस्कार चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत ही आवश्यक जानकारी आपको देने जा रहे हैं क्योंकि 16-17 जुलाई के मध्य जो ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है इससे आप सभी लोगों को सावधान रहना है क्या क्या आप लोगों को जो है चीजें करनी है क्या क्या चीजें नहीं करनी है जो है ग्रहण का सूतक काल कब होगा सूतक का प्रारंभ समय क्या होगा इस सभी विषयों पर हम आज आपको प्रकाश डालेंगे आप लोग नोट कर लीजिए सूतक का जो प्रारंभ हो गया जुलाई दोपहर पंद्रह मिनट से होगा और सूतक समाप्त होगा सत्रह जुलाई को चार पर यह तो सूतक का समय था तो दर्शकों 2019 में दूसरा चंद्रग्रहण पड़ रहा है हमने आपको सूतक का समय बता दिया 16 सत्रह जुलाई को रहेगा और भारतीय समयानुसार रात्रि एक बजकर बत्तीस मिनट 35 सेकंड से सुबह चार बजकर उनतीस मिनट 50 सेकंड तक ही रहेगा और आंशिक चंद्र ग्रहण है ये जो चंद्रग्रहण रहेगा भारत सहित अन्य एशियाई देशों में जो है दिखेगा ही दिखेगा साथ में दक्षिण अमेरिका यूरोप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा तो विशेष सावधानी देने की आप लोगों को जरूरत रहेगा और चूंकि भारत में 16-17 जुलाई के मध्य घटित होगा इसलिए यहाँ पर जो है ग्रहण का सूतक बिल्कुल मान्य होगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चूंकि एक ग्रहण लग रहा है धनु व मकर दोनों राशि के जातकों पर इस ग्रहण का असर देखने को मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है सूतक काल में क्या करना होता है मूर्तियों को स्पर्श वगैरह नहीं करना होता है आ, कोई नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी होती है ना भोजन बनाइए ना आप लोग भोजन ग्रहण करिए इवन मल मूत्र और स्नान अत्यंत यदि आवश्यक हो तभी करिए और सूतक के पहले भी स्नान करिए सूतक के बाद भी स्नान करिए क्योंकि ग्रह जो है ग्रहण का जो रेडिएशन है ये आपके शरीर पर आएगा ही आएगा मूर्ति पूजा और मूर्तियों का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें हमने मूर्ति पूजा की बात की है मंत्र जाप की बात नहीं की है और ना ही तुलसी के पौधे को आपको स्पर्श करना है चंद्र ग्रहण है क्या आखिर में ग्रहण क्या है तो एक प्रकार की खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो यहाँ पर चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें अपनी छाया बनती है इस खगोलीय घटना को देखिए चंद्रग्रहण कहते हैं और साइंस ने भी माना है कि चंद्रग्रहण वाले दिन कई चीज़ें बड़ी विचित्र होती हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हानिकारक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिससे हमारा जो है वातावरण एटमोस्फियर दूषित हो जाता है हर एक जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है हालांकि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं आप जप करते हैं तप करते हैं प्रार्थना करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है बचा नहीं जा सकता है एक बात और बताना चाहेंगे कि जो ये चंद्र ग्रहण रहेगा 2019 में कुल दो चंद्र ग्रहण है इक्कीस जनवरी को तो जो है चंद्र ग्रहण हो गया और दूसरा 16-17 जुलाई का है इसलिए हमने आपको सावधान कर रहे हैं और एक चीज़ बताएं पूर्णिमा का दिन भी जो है पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देते हैं तो भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और क्या करना चाहिए हमने अभी तक बताया था क्या ना करें तो देखिए चंद्रदेव की आराधना करिए यदि चंद्र गायत्री मंत्र आप जानते हैं ओम क्षीरपुत्रा विदमहे अमृत तत्वाय धीमहि तनो चंद्र प्रचोदयात् अमृत तत्वाय जी हाँ अमृत तत्व है चंद्रमा क्या है जल है तो इस मंत्र का आप फिर से एक बार पुनः सुन लीजिए ओम क्षीरपुत्राय विदमह <laughs> अमृत तत्वाय धीमहि तनो चंद्राह प्रचोदयात् इस मंत्र को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मंत्र को आप लोग नोट कर सकते हैं तो चंद्रदेव की आराधना करिएगा आप लोग प्रणायाम कर सकते हैं व्यायाम कर सकते हैं इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण जैसे ही समाप्त होता है आप लोग अपने घरों में शुद्धता के लिए गंगाजल जल और गौमूत्र का छिड़काव जरूर करिए स्नान के बाद भगवान की मूर्ति को खुद पहले स्नान कर लीजिएगा उसके बाद भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएँ और उनकी पूजा करें ग्रहण समाप्त होने पर ताज़ा भोजन बनाइएगा और तभी ग्रहण करिएगा यदि भोजन पहले से बना हुआ है तो कोशिश कीजिएगा कि तुलसी पत्र को उसमें आप डाल दीजिएगा पहले से ही ताकि ग्रहण काल में वो भोजन दूषित ना हो ग्रहण लगने से पहले ही जो खाना बना चुके हैं उसमें तुलसी पत्र डालना बहुत आवश्यक है चंद्र ग्रहण के बाद जरूरतमंदों व्यक्तियों को और ब्राह्मणों को खास करके अनाज का दान देने का विधान हमारे शास्त्रों में है आपके सामर्थ्य के ऊपर है आप किस प्रकार के अनाज देते हैं एक बात और बताना चाहेंगे गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इस दौरान वातावरण में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चों पर हो सकता है हर एक बालक या शिशु हम कहें इनका जन्म होने वाला है बहुत तगड़ी रेडिएशन पड़ती है और तमाम आप देख देखते होंगे कि कभी कभी कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका विकास पूर्ण नहीं होता है इसीलिए नहीं होता या तो कोई बच्चा जो है डिफेंडम हो जाएगा या जन्मजात ही वो जो है अंधे हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है या तो माँ की नींद लग जाती सो रही होती हैं तो उसी प्रकार से माँ के द्वारा देखिए नाभी में माँ के द्वारा जो है शिशु जुड़ा हुआ होता है तो जो क्रियाएँ माँ करती हैं शिशु पर सीधा प्रभाव जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि जो महिला है और खास करके प्रेग्नेंट हैं गर्भधारण आप कर चुकी हैं तो सिलाई से कढ़ाई से काटना कैंची से कागज वागज देखते हैं बैठे बैठे बहुत लोग काटती है छीलने जैसे कार चक्कू लेकर के कुछ आपको छीलना नहीं इवन आपको आलू वगैरह कुछ नहीं काटना है आप अपने पतिदेव से करवा लीजिए तो बच्चों के अंग को क्षति पहुँच सकती है इसका आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि हमारे फेसबुक पेज पर भी ये क्वेश्चंस आए थे और इनका हम उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना क्यों वर्जित है तो इसका उत्तर हम यही देना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण के समय हमारे वातावरण में नेगेटिव वाइव का बहुत ज़्यादा संचार होता है और जो आप भोजन पकाएंगे वो स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक हो जाएगा ग्रहण के समय वो भोजन ऑटोमेटिक दूषित हो जाता है ऐसी कुछ हवाओं में एटमोस्फियर में हमारे जो है नेगेटिव बाइफ चलती है और कोशिश कीजिए इस दिन उपवास रखिए तो ज़्यादा ठीक है अब ये तो था आपके प्रश्नों का उत्तर दूसरा हमारा एक प्रश्न है हमारे विवर ने पूछा है कि चंद्र ग्रहण के समय पूजा जब तब क्यों करना चाहिए तो देखिए पूजा जब तब दान क्यों करना चाहिए सीधी सी बात बताना चाहेंगे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण में की गई साधना और ईश्वर की भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है साथ ही साथ एक चीज और होता है जब तब के प्रभाव से व्यक्ति पर ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ता है और यदि आप दान करते हैं तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है तुलसी जी ने भी यहाँ एक बहुत खूबसूरती से दोहा लिखा है चौपाई लिखी है देखिएगा कि तुलसी पंचिन को पिए घटे न सरता नीर दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर दान का नियम यही है अगर आप एक देंगे तो 100 गुलाब मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा अब एक क्वेश्चन जो है एक हमारी महिला विवर है उन्होंने पूछा है कि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए तो इसका हमने आपको बता दिया कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है तो इसलिए मत निकलिएगा जो रेडिएशन होता है जो प्रभाव होता है जो रोशनी होती है आप तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आती जो और आती है वो आपको नुकसान करेगी इसलिए बाहर मत निकलिएगा और धर्म और विज्ञान में भी अलग अलग मत विचार है कभी कभी साइंस यहाँ फेल हो जाता है हमारे तमाम ऐसे क्लाइंट हैं जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और ऑलरेडी उनके बच्चों का लॉस हो चुका था फिर ग्रहण के समय हमने तमाम चीज़ें उनको बताई कि ये चीज़ की सावधानी रखनी है और आज वो पुनः एक अच्छे परिवार के साथ जो है बच्चों के साथ अपने जीवन यापन कर रहे हैं तमाम ऐसे क्लाइंट हैं हम ला करके आपको चाहे जो है समय आएगा तो जो है उनसे परिचय करवा देंगे और एक बात बता दें पृथ्वी पर देखिएगा जब ग्रहण लगता है तो तमाम पर जो है ये पंछी लोग हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं कोई कौतूहल नहीं रहता है तो इन सब चीज़ों का आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखिए और कोशिश कीजिएगा जो हमने समय आप लोगों को बताया आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मंत्र बताए हैं इसका आप लोग जाप करिएगा कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को दी है कमेंट के माध्यम से बताइएगा दीजिए इजाज़त मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार